हाई गाइज़ कैसे हैं आप सब ठीक हूँ आप सबकी दुआ से और अभी दुबई में 10 बज रहे हैं सो so मैं अभी अल्कबैल सेंटर जा रही हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वीडियो शेयर करूँ आप लोगों के साथ में ये ब्लॉग सो कीप वॉचिंग हेलो गाइज बने रहिए मेरे साथ में मुझे बहुत हंसी आ रही है आज सिग्नल अभी बंद है जैसे इसमें ग्रीन लाइट जलेगी तो क्रॉस होंगी तो अल्कबैल सेंटर पहुँच चुके हैं बाहर से नज़ारा कुछ इस तरीके का है आप देख सकते हो यहाँ पे सारे होम डेकोरेशन के सामान मिलते हैं घर सजाने के लिए कुछ भी आप खरीद लो सब अरेबिक स्टाइल में है ये आप देख सकते हो एंट्रांस है अभी हम लोग अल्प अल्पकबा सेंटर के एंट्रांस के अंदर जाने वाले हैं सो so, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है गाइस। और बहुत प्यारे प्यारे बैग्स हैं यहाँ पे हैंडबैग्स, लेडीज हैंडबैग्स हैं सो so प्रीति ये बैग बहुत प्यारा लग रहा है वेरी ब्यूटीफुल तीन साल के बच्चों के लिए ऑनली 36 सिक्स में आएगा इस आप देख सकते हो 36 सिक्स का ये जैकेट और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है मुझे बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है बिल्कुल 36 सिक्स अगर बोला जाए इतने पैसे में इंडिया में नहीं मिलेगा ये बहुत प्यारा है अमेजिंग और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलर्स में भी हैं। है अमेजिंग और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलर्स में भी हैं जो बच्चों को बहुत अच्छा ये भी मुझे अच्छा लग रहा है ये भी ट्वेंटी नाइन दम्स का ऑनली आप देख सकते हो कितना प्यारा पीस है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पे आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े सकते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं कपड़ों के लिए हर टाइप का मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैं प्राइज़ ये कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है पिंक एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस कपड़े की सो so, गाइज मैं सोच रही हूँ मैं ले लूँ क्या इसे मुझे बहुत अच्छा ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं प्रिंटेड टाइप में लॉन्ग शर्ट्स हैं एंड शॉर्ट शर्ट्स भी हैं ये प्राइस चेक फोर्टी फोर धेरह मेरे लिए तो बहुत एक्सपेंसिव है फोर्टी फोर धेरहम के लिए आप बताना कि आपको तो कैसा लग रहा है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पिंक एंड होम डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे सामान है आप देख सकते हैं गाइज आप देख सकते हैं ये हाथी है छोटू सा बड़ा प्यारा सा लग रहा है वो कितना प्यारा फिश है ये डायमंड का फिश है गाइस डॉल्फिन है अब भी टूट जाता मुझसे बच गया जीरा सारे एनिमल्स बोलेंगे यहाँ पे हॉर्स यह है ये ईगल है लग रहा है यहाँ पे हॉर्स है ये ईगल, और का जो आपको तो मालूम है ये देख सकते पैंट का सेशन है हॉट पैंट देखो जो बैली जो डांसर लोग होते हैं ना वो लोग यही पहन के बैली डांस करते हैं उनका ये कॉस्ट्यूम है आप देख सकते हो ये देख सकते हैं पूरा कॉस्ट्यूम यहाँ पे बेली डांसर लोगों का है जो बेली डांस करते हैं पूरा कॉस्ट्यूम है तो यहाँ पे पूरा स्कार्फ, स्टॉल हर टाइप का इधर मिल रहा है मिल जाएगा देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे हैं, हैालीन्स कारपेट के तो नीचे में भी छाए वाला आपको तो मालूम ही होगा बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है गाली